आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम पनीर साउथ इंडियन स्टाइल में मशरूम ढाई जो हमने काट के रखे हैं एक पाव पनीर एक पाव मटर सात आठ टमाटर सात आठ प्याज एक चम्मच मिर्च आधी चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा हींग कढ़ी पत्ता खड़ा मसाला थोड़ा सा लहसुन अदरक पांच परी मिर्च थोड़ा सा नारियल अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है तो हम तेल डालेंगे थोड़ा तो सा इसे भून लेंगे लेंगे, प्याज से अच्छे से भून लेंगे अदरक लसन चार पाँच अब इसे भून लेंगे अच्छे से अब इससे हमने सात आठ में लिया, अब हम डालेंगे टमाटर अब भी सात आठ मिनट मून लेंगे ये भूमि चुका अब हम डालेंगे नारियल बंद कर देंगे यह तो ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस लेंगे तक ये ठंडा होता तब तक, तक हम मशरूम को गरम पानी में अच्छे से धो लेंगे ये ठंडा हो गया इसको हम पीस लेते हैं अब ये पीस सुखा, अच्छे से कढ़ाई गरम हो गया हम डालेंगे तेल हम डालेंगे करी पत्ता थोड़ा मसाला थोड़ा सा ही जो हमने पीस रखा है और हम डालेंगे ने डाल दिया मसाला हम तो डालेंगे धनिया हल्दी गरम मसाला इसे लेंगे, दस मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे तो इसको, मिनट के लेंगे अच्छे से अभी अच्छे से भून गया पंद्रह मिनट अब हम डालेंगे मटर मशरूम डालेंगे पनीर इससे भी दस मिनट अच्छे से घूम लेंगे हम ढक लेते हैं। गैस को धीमे कर देंगे अभी ये पांच सात मिनट पक् का पानी डालेंगे एक गिलास और 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे धीमे गैस पे 20 मिनट तक अच्छे से पकाया अब ये तैयार है हमारा मटर पनीर मशरूम बन चुका हम गैस बंद कर देंगे